मैडम आज हमारा है मैम सीरियसली आई नो आपकी क्लास में एक भी मिस नहीं करती हूँ पूरे क्लास में सिर्फ मैं ही हूँ जो होमवर्क लेके आया सीरियसली आप मेरे बहुत बड़े इंस्पिरेशन हैं सच्ची में मैं बड़े हूँ आपके तरह ही बनना चाहूंगा क्या इतने पढ़ाई लिखाई करके औरत बनना चाहता है हाँ, इसके ऊपर तो मुझे पहले ही